हेलो गाइज तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीआरपीएफ यानी कि जो सेंट सी में कांस्टेबल एंड टेक्निकल एंड ट्रेसमेंट रिक्वायरमेंट दो आया हुआ है उसके बारे में आप कैसे उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कैसे पेमेंट कर सकते हैं इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी तो सबसे पहले आपको यहाँ आ जाना है गूगल पे गूगल पे डायरेक्ट सर्च करना सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम सरकारी ये ऑफिसल वेबसाइट है यहाँ पे जो भी सरकार के अगेन जो भी जॉब के नोटिफिकेशन आता है या एडमिट कार्ड आता है सब आपको जानकारी इसी सरकारी पे आपको मिल जाएगी तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का ये डैशबोर्ड दिखेगा आपको यहाँ आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा या एडमिट कार्ड हो जाएगा या लेटेस्ट जॉब जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो सिंपली हमको यहाँ पे सी आर पी एफ कॉन्स्टेबल ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दूसरा वेब पेज खोले जाएगा देखिए यहाँ पे आपको बताएगा एप्लीकेशन बिग हो गया था 27 तीन 2023 से जिसका लास्ट डेट है 25 चार 2023 इसका पेमेंट फी लेट है पच्चीस चार दो और एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर दे दिया गया है एक तेरह जुलाई एक से तेरह के बीच में जुलाई में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा एडमिट कार्ड अवेलेबल आपको बीस छः दो हजार तेईस को हो जाएगा सिंपली आपको यहाँ पे जनरल ओबीसी या ई के लिए सौ रुपए लगेंगे एच के लिए जीरो रुपये और फीमेल कैटेगरी के लिए जीरो रुपये आपको पे करना होगा नीचे आ जाना यहाँ पे आपको कुछ एज रिलैक्सेशन दे रखने मिलेगा एज लिमिट हो गया है इक्कीस से सत्ताइस ईयर है जिसका अगर ड्राइवर पोस्ट के लिए है तो उसके लिए इक्कीस से सत्ताईस ईयर चाहिए अगर एज लिमिट 18, 18 से 23 इयर्स अदर पोस्ट के लिए लगता है 18 से 23 आपको अदर पोस्ट के लिए अगर आपको ड्राइवर पोस्ट के लिए करना है तो उसके लिए इक्कीस से 27 वर्ष तक की आपको छूट मिल जाएगी नीचे आपको आना है सिंपली यहां पे आपको टोटल वैकेंसी दिखाई दी जाएगी बावन सौ पोस्ट है जिसमें मेल पे बारह पोस्ट है और फीमेल के लिए एक पोस्ट है आपको यहाँ पे सिंपली आपको देख लेना है अगर आपको ड्राइवर के लिए कंप्लीट करना है तो क्लास टेन की मार्कशीट और ड्राइविंग लाइसेंस आपको अगर मोटर मोटर में के, के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको पास और से आई से आईटीआई सर्टिफिकेट मिलेगा रिलेटेड ट्रेड से और बाकी इन सब कैटेगरी के लिए जैसे मोची कारपेंटर टेलर ब्रास पाइप बैंडर बेगुलर माली पेंटर कुप वाटर धोबी बार ड्रेस सफाई कामचारी का इसके लिए आपको सिर्फ नॉलेज लगेगी मतलब इसमें कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं लगने वाला सिर्फ करना है अस्सी से पचासी सेंटीमीटर तो हमें इसको अप्लाई करना है सिंपली आपको नीचे आकर के यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे दूसरा डैशबोर्ड आपको, तो आपको, आपको कुछ तरीके का बता देगा यहाँ क्लोज करना सिंपली सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से करेंगे यहाँ पे आप फंसने वाले तो इसके अच्छा मैं आपको बता दू सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना आपको किस चीज़ में डालना है आपको पहले ही ट्रेड अपना सेलेक्ट करना होगा जिसे मैं आपको बता दूं कि मुझे डालना है वाशरमैन वाटर कैरियर में तो यहाँ मैं आऊँगा यहाँ देखिए यहाँ ऊपर आएंगे वाटर कैरियर वाटर कैरियर चौबीस पोस्ट है तो मैं वाटर कैरियर के लिए अप्लाई करने वाला हूँ आप अगर अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन सा है में अप्लाई करना चाहेंगे यहाँ पे सब आपका यहाँ पे आपके पूरा नाम डाल देना है। कुछ इस तरीके से फिर आपको नीचे स्क्रोल करना है यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर वही नंबर आएगा जो इसमें डालेगा और फिर नीचे आपको स्क्रॉल करके अपना ईमेल आईडी चेक कर लेना है ईमेल आईडी चेक करने के बाद सिंपली आपको यहां एग्री कर देना है इसमें और कुछ नहीं करना है और फिर कैप्सॉग यहाँ पे रिवेरीफाई करना है रीवेरीफाई करते ही आपको नीचे आ जाना है यहाँ पे कुछ बॉक्सेस मिल जाएंगे आपको कुछ इस तरीके के तो आपको पहले मिला लेना कि आपने कौन पोस्ट के, तो तो के फिर फिर सबमिट कर देना है सबमिट करते ही ये आपको दिखाया submit, तो आप इसको नहीं कर सकते तो आप पहले मिला लेना उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना ओके करते ही तो देखिए यहाँ पे आप मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है तो आप इसको स्क्रीनशॉट या अपने मोबाइल पे फोटो खींच लेंगे क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है सिंपली आपको यहाँ से क्लोज करना है क्लोज करके यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट रेड दिया गया है तो सिंपली आपको यहाँ पे गो टू तो एप्लीकेशन पर क्लिक करना है गो टू तो एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ लोडिंग देगा दो से एक से दो मिनट का और आपके ईमेल पे और मैसेज में आपको आपका पासवर्ड और आईडी चला गया होगा तो आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं वरना यहाँ पे आपको सिंपली आपको बैक नहीं करने की जरूरत है यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है यहाँ पे आपका डेट ऑफ आप बर्थ हो जाएगा और यहाँ पे आपको आपका रिजर्वेशन सिलेक्ट करना मैं तो अनरिजर्व हूँ तो यहाँ पे यू आर हो जाएगा, a citizen of India हो जाएगा यहां। यहां पे पे आपका होगा, तो मेरा मैं अपना अपना कर कर लेता हूं। यहां पे मैंने कर लिया, नीचे आपको सिंपली जाना है यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको फादर नेम और मदर नेम भरना है तो अपने माता पिता का नाम यहाँ पे आप भरेंगे नाम भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंस चूज करना है कि आपको कौन से जगह पे आपको एग्जाम देना है तो यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा मैं तो झारखंड से हूँ तो सिंपली मैं अपना स्टेट चूज करूँगा और यहाँ पे कौन से सिटी में आप देना चाहते हैं जो आसपास आपकी सिटी होगी तो उसको आप चेक कर सकते हैं तो मैं धनबाद डाल देता हूँ फिर मैं तीन जगह चूज करना है जिसमें आपको तीन तरह का दिया हुआ है तो मैं झारखंड में दूँगा इस्टेट वाइज चेंज कर लूँगा हजारीबाग और थर्ड हो जाएगा मेरा तो आप कुछ इस तरीके से अपना स्टेट चेक कर सकते हैं कि आपको एग्जाम जाकर के कहाँ पे देना है अगर आप एक सर्विसमैन तो मैन है तो यस करेंगे वरना यहाँ नो ही करेंगे यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट इम्प्लॉये वरना यहाँ नो करेंगे फिर आपको नीचे आना है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाटा आपका सक्सेसफुल हो जाएगा सिंपली आपको यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं चलिए मैं अपना एड्रेस फिल अप कर लेता हूँ यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल देंगे यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस वही है या अगर नहीं है तो यहाँ भी फिल अप कर सकते हैं तो मेरा परमानेंट एड्रेस वही है तो मैं यहाँ कर दूंगा सिंपली आपको आना है यहाँ पे आपको टेन का अपना डिटेल्स देना है यहाँ पे कौन से बोर्ड से आपने टेन पास की है यहाँ पे पासिंग ईयर देना है कौन से स्कूल इंस्टीट्यूट हो कौन से कॉलेज या स्कूल से आपने किया है यहाँ पे कॉलेज या स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से होगा और सिंपली आपको मिनिमम और मैक्सिमम नंबर देना है तो चलिए मैं फ्लिप करता हूँ अपना नाम तो मैंने झारखंड अकेडमिक काउंसिल से दिया तो सिंपली मैं वही लिखूंगा तो आपको कुछ इस हिसाब से अपना सब्जेक्ट वाइज लिख देना है सिंपली आपको यहाँ पे आपको आपका अगर परसेंटेज पे था या सी पे था या ग्रेड मार्क्स पे था तो आप यहाँ पे चूज करें तो मेरा परसेंटेज पे था मैं यहाँ सिंपली परसेंटेज चूज करूँगा और यहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर कितने में से कितने में से यहाँ लिखना आपको कितना आया था तो मेरा पाँच में से चार आया था फिर आपको नीचे करना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट यानी टूवल्व का मांग रहा है अगर आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं वरना इसे खाली भी छोड़ सकते हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे इसे खाली ही रहने दूंगा सेव एंड नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे सिंपली आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट कुछ इस तरीके से सबसे पहले करना है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड में पहले आपको अपलोड अपना पासपोर्ट रीसेंट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ सिग्नेचर करना है और यहाँ 10 की मार्कशीट और अगर 12 की आपने दी है तो ठीक है वरना इसे खाली जैसे आपका अपलोड करने के बाद दिखेगा और मैं आपको बता दूं कि आपको पचास की भी के बी के अराउंड 50 से सौ के ही ही बीच में फोटो अपलोड करना है अपलोड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट आपको सिंपली नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको मेरे को सौ है क्योंकि मैं से हूं। अगर आप एसटीएससी से होंगे तो आपको ये फीस नहीं देनी होगी और अगर आप फीमेल भी होंगे तो भी आपको ये फीस नहीं देनी होगी तो चलिए मैं ऑनलाइन प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे पेमेंट आप कर सकते हैं तो सिंपली अब मैं तो ऑनलाइन करने वाला हो तो यहाँ ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा और नीचे इन सब बॉक्सेस को भर के कंटिन्यू कर दूंगा इन सब को आपको फिलअप कर देना आए, आए कर देना यहाँ पे आपको नीचे आके आपको प्रिव्यू कर लेना है एक बार आपको अपना डॉक्यूमेंट देख लेना है की अच्छी तरीके से मेरा डॉक्यूमेंट भरा है या नहीं है या जिस हिसाब से मैंने भरा है वो चीज देख लेना है सिंपली देखिए आपको बैक तो मैं, मैं तो आ जाना है बैक आने के बाद आपको सिंपली यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरीके का दिखाएगा आपको यहाँ पे आइए एग्री कर देना है आई एग्री करने के बाद आपको नेक्स्ट डेट बॉट पेमेंट गेटवे की तरफ लेके जाएगा पेमेंट गेटवे में देखिए आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे तो मुझे तो सिंपली यूपीआई से पेमेंट करना है तो मैं यूपीआई पे क्लिक करूंगा यूपीआई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पांच मिनट के अंदर में पेमेंट करना होगा वरना आपका पेमेंट बच सकता है तो यहाँ पे क्यू कोड की तरफ भी दे सकते और के से देख सकते हैं तो मैं क्यू आर कोड की तरफ से देना चाहूंगा आपको फो, अपना फोन पे या गूगल पे आपको खोल लेना और इसे स्कैन करके पेमेंट सौ पे कर देना है देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पेमेंट कर दी पेमेंट करने के बाद आपको इसी पेज पे रुकना है ऑटोमेटिकली वो पेमेंट डिटेक्ट कर लेगा देखिए जिस इस हिसाब से डिटेक्ट कर लिया यहां पे लिख देगा आपको योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस तो आपको सिंपली ओके okay पे क्लिक कर देना है देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट अमाउंट सक्सेस हो गया सिंपली आपको कुछ नहीं करना है वो ऑटोमेटिकली आपको ऑनलाइन मर्चेंट पे पहुंचा देगा देखिए यहाँ पे लिख दिया योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली पेमेंट सक्सेसफुल हो गया आपको यहाँ पे क्लोज करना है आपको इसकी एक प्रिंट ले ले प्रिंट ले लेनी है से लेकर के आप इसको सेव करके रख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए आप प्रिंट करके रख सकते हैं मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है देखिये कुछ इसकी तरह से आपका आ जाएगा पूरा पीडीएफ आ जाएगा आपका एप्लीकेशन का तो आपको सिंपली यहाँ पे सेव करके अपने डेस्कटॉप में रख लेना है उम्मीद करता हूँ मेरा चैनल आपको पसंद आएगा मैं ऐसे ही बहुत सारे आपको अपडेट्स देता रहूंगा कृपया करके मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मैंने अभी नया नया चैनल ही यूज किया है आगे चल मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा और हर सरकारी या गवर्नमेंट या कोई भी जॉब के लिए मैं सबसे पहले आपको वीडियो अपलोड करूँगा आशा करता हूँ आपका दिन सूख जाए धन्यवाद